छोटी सी नंदनी पार्वती शिव शंकर की पूजा करती है छोटी सी नंदनी पार्वती शिव शंकर की पूजा करती अपनी बाबक बाग में जाती है जाती है अपने बाबक बाग जाती है और फूल लोड कर है, फूलों की हार बनाती है शिव शंकर को पहनाती है फूलों की हार बनाती है शिव शंकर को पानाती है छोटी सी नंदनी पार्वती शिव शंकर की पूजा कर है छोटी सी नंदनी पार्वती शिव शंकर की पूजा करती अपनी पापक बाग में जाती है बेलपात्र तोड़ कर लाती है अपने पापक बाग में ती है तिह बेलपत्रोड़ कर लाती है और थालों में सजाती है शिव शंकर पर चढ़ाती है थालों में सजाती है शिव शंकर पर च अति है छोट से नंदिनी पार्वती शिव शंकर की पूजा अति है छोटी से नंदिनी पार्वती शिव शंकर की पूजा करती है छोटी सी